नमस्कार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल आशीष पे दर्शकों सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो आप लोगों को भी चिंता होगी कि सितंबर माह आखिर में क्या कुछ घटनाएं घटित करेगा हमारे साथ तो अंत तक बने रहिएगा सितंबर माह की संपूर्ण भविष्यवाणी सिंह राशि के जातकों के लिए हम लेकर के आए हैं इस माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय आज हम आपको बताएंगे आपके लिए शुभ कलर क्या रहेगा शुभ अंक क्या रहेगा इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और यदि पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए और फेसबुक पेज पर यदि हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो कोशिश कीजिएगा कि जम करके शेयर करिएगा तो सितंबर माह सिंह राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आया है और दर्शकों उज्जैन आ रहे महाकाल की नगरी आप लोगों के बीच में स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं और दिल्ली में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी हमसे मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर और अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग मिलकर के करवा सकते हैं देखिए सितंबर माह सिंह राशि के जातकों के लिए काफी कुछ नया लेकर के आया है एक से दस सितंबर की यदि हम बात करें तो कार्यों में सफलता से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा शुभ फलदायक आपकी यात्राएं होती हुई नजर आएंगी आपके कई ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं होते आए हैं लेकिन अचानक से होंगे अनएक्सपेक्टेड होंगे जी हाँ और शुभ फलदायक यात्राएं आपकी होगी और इस माह कोई आपको फेम नेम और ख्याति प्राप्त होती हुई नजर आएगी जी हाँ कोई ऐसा पराक्रम का, का काम करेंगे जिसको कोई नहीं कर पाया और कार्यक्षेत्र में भी एक चीज़ हम बताते सिंहराज के जात को जहां सब लोग जो है हार मान लेते हैं वहीं से आपकी शुरुआत होती है और तमाम ऐसी जो है मानसिक जो है वेदना जो आपको मिलती आई है इसमें आप उससे शांति पाते हुए नज़र आ रहे हैं वहीं आपका जो है पार्टनर लव पार्टनर हो या जीवन साथी हो यदि किसी जो है रोग से पीड़ित हैं तो इस बीच मुक्त होते हुए नजर आएंगे कोई शल्य चिकित्सा ऑपरेशन अथवा चोट लगने का भय दूर होता हुआ सिंहराज के जातकों को दिखाई पड़ रहा है आपके घर परिवार में बंधु बांधवों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस माह काफ़ी कुछ पारिवारिक स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है वहीं आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा पारिवारिक सुख और सौहार्द बढ़ेगा लेकिन फूड प्वाइजनिंग के प्रति सिंह राशि के जातकों को इस माह विशेष तौर पर सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं जंक फूड खाने से आप लोगों को बचना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि जंक फूड से आप लोग दूर रहिए और एक बात बता दें आपके कार्यक्षेत्र पर कोई आपको एक जो है एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इस माह प्राप्त होती हुई नजर आएगी बेरोजगार लोगों को कोई रोजगार का रोजगार का सृजन होगा या कोई नया व्यापार इस बीच आप लोग शुरू करते हुए नजर आएंगे एक से दस के बीच में विदेश यात्राओं का योग बन रहा है लंबी की आपकी यात्राएं होंगी और काफी भागदौड़ भरा 10 10 दिन शुरुआत के रहेगा वहीं से 20 तारीख की यदि हम बात करें तो आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा प्रशासनिक सहयोग प्राप्त होगा किसी बहुमूल्य वस्तु की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है जो व्यक्ति संतान के लिए चिंतित थे संतान प्राप्ति में जो है कुछ बाधाएं आ रही थी तो संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा अपने वाक्य जो है चातुर्य के कारण आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा विद्या में आपकी प्रगति होती हुई दिखाई पड़ रही है उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं और इस माह जैसे मान लीजिए कि जुलाई हो गया अगस्त हो गया पढ़ाई लिखाई में मन भले ना लगता हो लेकिन सितंबर माह कुछ ऐसा रहेगा कि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपके पढ़ाई में मन लगेगा रुचि लगेगी और संतान के पक्ष से कोई आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होती हुई नज़र आएगी दस से बीस के बीच में मनोरंजन हो गया गायन वादन शिक्षा इन सब में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है वहीं बीस से तीस तारीख के मध्य की यदि हम बात करें तो आपके स्वभाव में कुछ कठोरता आएगी तो इस कठोरता को थोड़ा सा दूर करिएगा और सख्त के निगाह से सबको मत देखिएगा इस दौरान आप अपनी सफलता का विस्तार भी कर सकते हैं विचारों में अति चातुर का समावेश होगा कृषि तथा वाणिज्य दोनों में ही हानि होती हुई दिखाई दे रही यदि आप खेती से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या आपकी बीज की दुकान हो गई आ, और भी जो है कुछ जो है खेती से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं इनका यदि आप कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको हानि होती हुई दिखाई दे रही है तथा व्यापार में कुछ हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है इनसे आपको जो हम उपाय बताएंगे वो करिएगा तो आपको कुछ राहत मिलेगा तो विचार पूर्ण कार्य ही करिए तो ठीक रहेगा अति प्रिय एवं निकट जो है निकटस्थ व्यक्तियों से आपको धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे वो आपको चीट करेंगे आपको धोखा करेंगे कोशिश कीजिएगा कि 20 से 30 के मध्य में आपको किसी को पैसा नहीं देना रहेगा 25 सितंबर के बाद से मास के अंत तक परिश्रम के अनुरूप आपको परिणाम मिलने में थोड़ी सी बाधा रहेगी प्राय सभी कार्यों में इस दौरान आपको असफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी आपके वाणी में कठोरता रहेगी दुष्ट व्यक्तियों का जो है संग साथ आपको प्रिय लगेगा और इस दौरान कोई राजकीय भय हो सकता है चोरी अथवा अथवादि हो, हो सकती है या कोई चोरी संबंधी मामला आपके घर में हो सकता है इस दौरान आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा फैटी लीवर की शिकायत होगी पित्त जनित व्याधियों से आपके शरीर को कष्ट रहेगा आप लोगों के विरोधी जो है त्रस्त रहेंगे और आप सॉरी माफ़ करिएगा विरोधियों से आप लोग त्रस्त रहेंगे और पारिवारिक कलह बढ़ेगा मन आपका बड़ा ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा भय से जो है ग्रस्त रहेगा परिश्रम तथा साहस में कमी सितंबर माह में जो है दिखा रहा है वो भी अंत में आय के साधन अंत में कम रहेंगे आपका व्यय अधिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो इस माह थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना रहेगा वहीं यदि हम शुभ दिवस की बात करें तो आपके लिए एक तारीख तीन तारीख पाँच तारीख छः तारीख बारह तारीख चौदह तारीख इक्कीस तारीख बाईस तारीख सर्वथा शुभ रहेगा प्रतिकूल दिवस बहुत ज़्यादा है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस दौरान थोड़ा सा आपको बचना रहेगा तो दो तारीख हो गया सात तारीख हो गया उसके बाद आपका हो गया पंद्रह तारीख उन्नीस तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख उनतीस और तीस तारीख अट्ठाईस उनतीस तीस आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा इनमें आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है आप लोगों के यहाँ भी कोई कैलेंडर लगा है तो उसको रेड पेन से आप लोग मार्क कर सकते हैं आ, अब इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना है लेकिन शुभ कलर पर बताते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर या ऑरेंज कलर की कोई रूमाल अपने पास आप लोग जरूर रखिए और यही कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा हाँ अब चलते हैं इस माह को प्रभावी बनाने के लिए क्या कैसे शुभ उपाय करें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पकड़िए तो आपको करना क्या रहेगा आपको शनिवार वाले दिन तिल का तेल आप लोग जानते होंगे तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करिए आपके शत्रु आपके जो है चरणों में होंगे नतमस्तक आपके सामने होंगे और जब आप ये करिएगा तो ओम जूम सह मंत्र से करिएगा दूसरा एक प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं कि शनिवार वाले दिन ही पीपल के वृक्ष पर आपको जो है जल चढ़ाना रहेगा और शाम के समय एक तिल के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना रहेगा तीसरा एक प्रयोग है कि ब्लैक कलर को जितना एवॉइड कर सकते हैं सिंहराश के जातक कर दीजिए अन्यथा बहुत ज़्यादा आप लोग हानि और धोखा उठा जाएंगे एक प्रयोग और आपको बता रहे हैं कि शनिवार वाले दिन ही कोशिश कीजिएगा कि काली माह की साबुत दाल हो गई या साबुत उड़द हो गया इसका दान आपको जो है गरीबों में करना रहेगा लेबर क्लास को आपको सताना नहीं है ये विशेष तौर पर आपको सावधानी रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आप किसी लेबर क्लास को सताएंगे किसी बुजुर्ग को यदि आप सताएंगे तो फिर चाहे जितने आप प्रयत्न कर लें उपाय कर लें कुछ असर होने वाला नहीं है तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और दीजिए इजाज़त जाते जाते आप लोगों से वही अपील की यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो करिए और इस वीडियो को जम कर शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार